गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पद भ्रमर गीत का पद संख्या दस इसमें कहते हैं उधव जब गोपियों को संदेश देते हैं तो गोपियां कहती हैं उधव से कि हमारी जो दशा है वो बहुत ही दयनीय है अर्थात उधो जो है गोपियों को बार बार समझाते हैं निराकार ब्रह्म के बारे में लेकिन श्री कृष्ण के विरह में जो व्याकुल गोपियां हैं उनकी विरह दशा जो है उसका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि निश बरसत नयन हमारे सदा रहित बरसा ऋतु हम पर जब ते श्याम सिथारे तो गोपियां उधव से कहती हैं हे उधो श्री कृष्ण के विरह में हमारी नेत्रों से नन माने नेत्र हमारी नेत्रों से रात दिन जो है आंसू बरसते रहते हैं अर्थात हम श्री कृष्ण के विरह में इतने दुखी हैं कि हमारे आंखों से आंसुओं का निकलना जो है वो बंद ही नहीं होता है सदा रहित वर्षा ऋतु हम पर गोपिया कहती हैं कि जो वर्षा ऋतु है वो सदा ही हम पर पूरे साल छाई रहती है कहते हैं वर्षा ऋतु का तो एक समय होता है कि आती है और चली जाती है लेकिन श्री कृष्ण के विरह में हमारे नेत्र जो हैं वो दिन रात बरसते रहते हैं अर्थात हमेशा जो है वर्षा ऋतु ही हम पर छाई रहती है जबते श्याम से धारे गोपिया कहती हैं जब से श्री कृष्ण यहाँ से गए हैं तब से ऐसा लगता है कि हमारे लिए हर समय छाई रहती है। मतलब अन्य किसी ऋतु को तो हम जानते ही नहीं है द्रग अंजन ना राहत निशिवासर कर कपोल भयकारी द्रग माने होता है नेत्र अंजन माने होता है काजल कहती कि किंतु तो जो दिन रात है, हमारी आँखों में काजल नहीं रुक पाता मतलब दिन रात कहते हैं कि हमारी नेत्रों में जो काजल लगा था वो भी रुक नहीं पाता है कर कपोल भय कार्य कहते हैं कि इतनी अधिक नैनो से आंसुओं के रूप में बर्खा हो रही है बरसात हो रही है कि जो काजल लगाया है उसके कारण हमारे जो कपोल है जो गाल है वो भी सब काले काले हो जाते हैं अर्थात कहने का अर्थ है कि वो दिन रात कृष्ण के वियोग में रोया करती हैं जिसके कारण उनकी नेत्रों पर जो काजल लगा हुआ है वो बह कर उनके गालों पर फैल जाता है और उसे पूछते पोछते हमारे जो कपोल है वो काले पड़ गए हैं कंचु की पट सूखत नहीं कब हो कंचु माने होता है आचलिया चोली का वस्त्र पट कपड़ा कहते हैं कि इतनी अधिक आंखों से हमारे बारिश हो रही है कि आंसुओं की धाराएं जो हैं हर वक्त हम पर बहती रहती हैं कहते हैं कि आंखों को पोछने के कारण जो वस्त्र है वो कभी भी सूखता नहीं है उसी तरह हमारी जो वस्त्र है बहत पनारे हैं कि इतना अधिक हम कृष्ण के वियोग में रोते हैं कि हमारे हृदय में अर्थात वक्षस स्थल पर जो है हर समय धारा ही बहती रहती है मतलब आंसुओं के पनारे पनारा माने होता है बहुत अधिक प्रवाह किसी चीज का जल का पानी का तो उसी की तुलना यहाँ पर की गई है कि कृष्ण के वियोग में हम इतने अधिक व्याकुल हैं कि दिन रात जो है आंसुओं के पनारे अर्थात आंसुओं की धाराएं बहा करती हैं जिससे जो हमारा वस्त्र है वो कभी भी सूख नहीं पाता है आंसु सलिल सवै भई काया पल ना जात रिसटारे कहते हैं कि आंसू जो है सलिल नदी की तरह सवै भाया भई काया का मानी शरीर कहते हैं कि सारा शरीर जो है वो आंसुओं की धारा के कारण सलील माने होता है नदी नदी में धारा होती है आंसुओं की धारा के कारण हमारा सारा शरीर जो है वो अश्वमय हो गया है अर्थात मतलब आंसुओं में डूब गया है ऐसा लगता है कि एक पल भी जो है वो मुझसे दूर नहीं है पल नात ना टारे कहते हैं कि एक भी पल ऐसा नहीं होता है जिस वक्त उसे टार दिया जाए अर्थात ऐसा नहीं होता है कि किसी भी हम श्री कृष्ण को भूल जाएं अर्थात रिस माने होता है किसी से नाराजगी कहते हैं कि ऐसा कोई भी पल नहीं होता है कि जिससे एक पल को भी हमारा क्रोध जो है दूर नहीं होता है सूरदास प्रभु या पर गोकुल विसारो सूरदास के प्रभु श्री कृष्ण कहती है कि हे परेखो यह परेखो माने पश्चाताप पश्चाताप होता है कि हे गोकुल तुमने ब्रज को क्यों भुला दिया मतलब गोकुल को क्यों भुला दिया अर्थात हमको तो इस बात पर बड़ा पश्चाताप है कि आखिर किस कारण से श्री कृष्ण ने गोकुल को भुला दिया है मतलब गोपिया इतने विरह में है और ये नहीं समझ पाती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि सूरदास के प्रभु श्री कृष्ण ने गोकुल को पूरी तरह से भुला दिया है यहाँ पर गोपियों का अनन्य प्रेम व्यक्त हुआ है भाषा ब्रज भाषा ही है अनुप्रास एवं प्रश्न शब्दावली है मतलब प्रश्न पूछा गया है कि क्यों भुला दिया है हमें आखिर कृष्ण ने और उसके बाद जो रस है शांत रस है छंद जो है गे पद है ओके नेक्स्ट पद देखते हैं तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और जो भी आपके सिलेबस छूट गया है उसको आप अपने यूट्यूब चैनल से हिंदी का चैनल हिंदी का टॉपिक जो है वो क्लियर कर लीजिएगा ओके और नेक्स्ट वीडियोस में आप संधि और समाज की ट्रिक्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि जल्द ही हम ये वीडियो एक से दो दिन में पोस्ट करने वाले हैं ओके तो नेक्स्ट बात देखते हैं ग्यारह उधो भली भई ब्रज आए विधि कुलाल कीने काचे घट ते तुम आनी पकाए अब गोपिया उधो से कहती है कि अच्छा ही हुआ कि तुम ब्रज आ गए उधो भली भई ब्रज आए मतलब गोपिया उधव से कहती हैं हे उधो, अच्छा ही हुआ कि तुम कम से कम श्री कृष्ण का संदेश लेकर ब्रज आए विधि विधि कचघट माने होता है विधाता कुलाल माने होता है कुंभकाल किन्े माने किया था कांचे मनी कच्चा घट मनी शरीर कहते हैं कि जिस विधाता ने विधाता रूपी कुम्हार ने शरीर रूपी कच्चा घड़ा दिया था उधर से कहती हैं कि जिस विधाता रूपी रूपी ने कच्चा शरीर घड़ा दिया था ते तुम आनी गोपिया उसे आकर तुमने पका दिया है अर्थात श्री कृष्ण का जो प्रेम था वो जो अभी तक कच्चा था लगता था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि केवल ब्रह्म है तुमने यहाँ आकर उस प्रेम को जो है और भी पक्का कर दिया है रंग दीनों हो कान्हा सांवरे कहते हैं कि इतनी बातें तुमने कान्हा की करके उनके सांवरे के रंग में हमको और भी ज्यादा रंग दिया है अर्थात जो प्रेम अधूरा था वो तुम्हारी बातों को सुनकर तुम्हारे संग तर्क वितर्क करके और भी वो रंग जो है पक्का हो गया है अंग अंग चित्र बनाए कहते हैं कि हमारा जो शरीर है जो पका हुआ शरीर है, कच्चे घड़े का इस पर तो जो है सिर्फ सांवरे के रंगों के चित्र ही बने हुए हैं अर्थात हमारे अंग अंग पर हमारे आराध्य श्री कृष्ण का ही नाम दिखाई देता है पाते गरे नैन नहते पाते गरे मनी गल नहीं पाते हैं नैन नेत्रों से जो आंसू निकलते हैं कहती हैं कि हम इतने विरह में हैं कि हमारे जो नेत्रों से आंसू हैं वो निकलना बंद नहीं होते हैं पाते मने होता है गिरना गरे माने गिरना पाते मने गल नहीं पाते हैं कहते हैं <laughs> कि हम लोग श्री कृष्ण के रंग में इतना रंग गए हैं इतना पक्के हो गए हैं कि इतने आंसुओं के बहने के बाद भी ये जो शरीर रूपी कच्चे घड़े की काया है ये कम नहीं होती है अवधि अटापर छाए कहते हैं कि समय जो है वो अटारी की भांति छाता जा रहा है मतलब समय दिन प्रतिदिन दिन, दिन प्रतिदिन समय की अवधि जो है वो बढ़ती चली जा रही है लेकिन हम जो है श्री कृष्ण के प्रेम को भूल नहीं पा रहे हैं ब्रज करी अवा जोग ईंधन करी गोपिया उधो से कहती हैं कि हे उधो तुमने ब्रज आकर अवारूपी जो जिसमें अवा माने होता है जिसमे कुम्हार जो है अपने बर्तन मिट्टी के पकाता है उसको कहा गया है तो कहती हैं गोपिया उद्धव से कहती हैं हे उद्धव तुमने ब्रज आकर योग मतलब जो बर्तन रूपी है उसमें योग रूपी ईंधन को लगा दिया है और सूरत आनी सुलगाए और श्री कृष्ण की स्मरण रूपी जो अग्नि थी उसको सुलगा दिया अर्थात स्मरण रूपी अग्नि को सुलका दिया है कहते हैं हे उधो हम लोग तो शांत बैठे थे प्रतीक्षा में थे कि कृष्ण वापस आएंगे लेकिन तुमने ब्रज आकर जिस पात्र में, जिस स्थान पर कच्चे पात्र को पकाया जाता है उसमें योग रूपी ईंधन डालकर हमारे कृष्ण के सुम के हमारे कृष्ण के प्रति सुमिरन रूपी अग्नि को और अधिक सुलगा दिया है फूक उसास ब्रह प्रजन संग संग ध्यान दरस से राय कहते, कहते हैं कि तुमने हमारे विरह की अग्नि में प्रजन होता है कहते हैं कि तुमने हमारी विरह की अग्नि में भूख डालकर उस अग्नि की लपटों को और तेज कर दिया है अर्थात जो विरह की अग्नि थोड़ा शांत थी उसको तुमने अपने योग रूपी ईंधन को दिखाकर मेरे जो उच्छास थी जो सासे थी उस अग्नि अग्नि को को को उसकी और और अधिक बढ़ा दिया है। ध्यान कहते है ध्यान कहते हैं कि का का देकर हमारी उस को सीतल करने का प्रयास किया है। अर्थात जो कृष्ण के प्रेम में पका हुआ जो शरीर था उसमें योग रूपी ईंधन तुमने डालकर उस विरह की अग्नि को फूक कर तुमने उसे शांत करने का जतन कर दिया है अर्थात ध्यान अर्थात उसका सुमिरन करके हमें और भी शीतलता दे दी है अर्थात मेरा प्रेम जो है जब घड़ा पकने के बाद ठंडा हो जाता है तो वो कठोर हो जाता है इसी तरह कृष्ण की जो आ, के प्रेम में जो विरह अग्नि जल रही है वो उसको बह बढ़ा कर वो और अधिक शांत हो गई है अर्थात कृष्ण का ध्यान करा के तुमने हमारी विरह की अग्नि को और शीतलता पहुंचा दी है अर्थात हमारा कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो और अधिक बढ़ गया है भरी सपूरण सकल प्रेम जल सपूरण मान्य होता है संपूर्ण कहती है कि जो प्रेम रूपी जल था अब तो वो संपूर्ण रूप से भर गया है मतलब हमारे हृदय में कोई भी ऐसा स्थान नहीं बचा है जहां कृष्ण का प्रेम ना हो मतलब सकल प्रेम जल कहती कि हमारे जो घट रूपी शरीर है जो काया रूपी घड़ा घड़े का शरीर है इसमें प्रेम रूपी जल जो है वो पूरी तरह से भर गया है छुअन नकाहू पाए कहती हैं कि इसे जो है अब कोई अन्य जो योग साधना है इसे छू नहीं पाएगी क्योंकि हमारा मन तो श्री कृष्ण के प्रेम रूपी जल से पूरी तरह से भरा हुआ है इसमें कोई और जो है वो स्थान पा ही नहीं सकता राज काज ते गए सूर प्रभु नंद नंदन कर लाए तो सूरदास के प्रभु श्री कृष्ण जो हैं वो राजकाज के मतलब जो राज्य के कार्य है उन कार्य से गए हुए हैं और नंद नंदन कर लाए और कहते हैं कि नंद जो श्री कृष्ण है वो वापस आ जाएंगे अर्थात जो वहाँ पर रहने के लिए गए हैं वो वापस अवश्य आ जाएंगे अर्थात आज भी गोपियों को उनका इंतजार है कि श्री कृष्ण जो हैं राज कार के कार्य से बाहर मथुरा गए हुए हैं और वो जो है नंदनंदन जो है यशोदा और न... न बाबा नंद है वो उन्हें वापस ले आएंगे ये बतिया सुन रूखी अब गोपियां उधो के निर्गुण उपदेश का खंडन करती हैं मतलब अब बहुत हुआ गोपियां उदो मतलब गोपिया के निराकार ब्रह्म का जो उपदेश दे रहे हैं उसका खंडन करती हुई श्री कृष्ण के अनन्य प्रेम में उनके लिए बस अब आखिरी इच्छा है कि श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएं और उसके बाद चाहे ये जो हैं हमेशा के लिए बंद हो जाएं। जाए हरि दर्शन की भूखी गोपिया उधव से कहती हैं कि हे उधव जी हम लोगों की आंखें जो है भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए व्याकुल रहती हैं, अर्थात हर समय सिर्फ ये आंखें जो हैं, आर्शनों के दर्शनों के लिए ललायत रहती हैं। कैसी रहित तो रूप रसरासी कहते हैं कि यह अत्यंत ही आश्चर्य है कि हम योग साधना की जो बातें हैं ये समझ नहीं सकते रुखी सुखी ये बतियां सुन कहते कहते हैं हैं कि कि हमारा कैसे कैसे रहित रूप रूप हम कैसे उस रंग रूप को आ, में रख जाए मतलब जो रंगे हुए हैं जो हम श्री कृष्ण के रूप और रंग में रचे हुए हैं तुम्हारी ये निराकार ब्रह्म की बातें सुनकर उसमें कैसे रम जाएं अर्थात जो योग साधना संबंधी रूखी सुखी बातें सुना कर, तुम और हमें आनंद में लीन नहीं कर सकते अर्थात भगवान श्री कृष्ण के रूप और आनंद में लीन रहने वाली ये आंखें अभी तक कैसे हैं आवधि गणत टक मग जोवत जब इतनो नहीं झोकी झोकी मानी होता है दुखी हुई कहते हैं कि अवधि गणत समय गिनते जा रहे हैं कि जब से श्री कृष्ण गए हैं हम उनकी प्रतीक्षा में एक एक दिन गिन रहे हैं मतलब भगवान के आने की प्रतीक्षा में एक टक मग कहते हैं कि अपने आराध्य श्री कृष्ण के आने में हम एक टक मतलब एक दृष्टि लगाकर उनका रास्ता जोवत माने देख रहे हैं तब इतनों नहीं झुके तब हम इतने दुखी नहीं हुए हैं जितना कि तुम्हारा ये योग साधना का संदेश सुनकर हमें दुख हो रहा है अर्थात कहने का अर्थ है कि आप जब तक नहीं आए थे और योग का उपदेश नहीं दिया था तब तक ये आंखें जो हैं भगवान के आने की प्रतीक्षा में एकटक होकर उनकी राह देखती थीं और अवधि के दिनों को गिना करती थीं जिससे किंतु जब से आकर योग का संदेश दिया है तब से अत्यंत ही व्याकुल और दुखी हो गई है अब यो योग संदेशों सुन सुन कहते है कि अब ये तुम्हारा योग का संदेश सुन सुनकर मेरी आंखें जो है श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए और अधिक हो अर्थात और अधिक बेचैन और दुखी माने दुखी हो गई हैं। बारक वह मुख आनी दिखा हु दुह पिवत पतुखी अब गोपियां जो है उधो से कहते हैं बारक माने एक बार मुख माने चेहरे को आनी माने ला कर दिखाओ माने दिखा दो मतलब जो दोना होता है पत्तों का उस पर रखकर दूध पीना तो गोपिया उधव से कहती हैं हे उधव जी बस आपसे इतना अनुरोध है कि आप एक बार श्री कृष्ण के मुख को लाकर अर्थात श्री कृष्ण को गोकुल लाकर उनके दर्शन करा दीजिए पत्तों के कहते हैं कि जब वो दूध पीते थे तो पत्तों में दूध कर पीते थे मतलब पत्ते का दोना बनाकर उसमें पीते थे श्री कृष्ण के वियोग से जो है वो इतना ज्यादा दुखी हैं कहते हैं कि वही एक बाल छवि जो है आप लाकर श्री कृष्ण की दिखा दीजिए सूर सुकत हटी जलावत ये सरिता है सुखी सरिता मानी नदी सुकत मानी होता है रेत क्या और हठी माने होता है जो हट योग है तो कहते हैं कि श्री कृष्ण के वियोग से हम लोगों का हृदय जो है वो सूखी हुई नदी के समान हो गया है मतलब श्री कृष्ण के वियोग में हम लोगों का हृदय जो है ये सूखी हुई नदी के समान हो गया है आप बालू में हठ नाव चलावत कहते हैं कि आप बालू में नाव मत चलाइए अर्थात कहने का अर्थ है कि असंभव प्रयास मत कीजिए क्योंकि हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में रंगे हुए हैं और आपका जो ये निराकार ब्रह्म का उद्देश्य है ये हमारे किसी भी काम का नहीं है इसलिए जो रेत में बालू है जो कभी चल ही नहीं सकती अर्थात हमारे हृदय पर श्री कृष्ण के अलावा किसी और का रंग नहीं चढ़ सकता तो आप जो है सिर्फ कृष्ण की एक छवि दिखा दीजिए अर्थात मेरी जो बेचैन आंखे हैं उनको चैन हो जाए और ये जो योग का संदेश है ये मुझे मत दीजिए अर्थात मुझे श्री कृष्ण के प्रेम से वंचित करने का प्रयास ना कीजिए अर्थात कहने का अर्थ है कि जो उपदेश दिया गया है कि गोपियां श्री कृष्ण से इतना प्रेम करती हैं कि उनके हृदय में कृष्ण के अलावा अन्य किसी का कोई स्थान नहीं है ये सूरदास का ब्रमर गीत यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो जाता है और टोटली वीडियोस आपकी प्लेलिस्ट में डाल दी गई है क्लास एलेवेंथ के नाम से और हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो भी प्लेलिस्ट पर है जिन लोगों को देखना है अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है वो लोग चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट और क्लास इलेवेंथ के नाम से पूरा सिलेबस है वो आप वॉच कर सकते हैं अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा थैंक यू